नमस्कार सूर्य ग्रहण का महत्व ग्रहण काल में स्नान दान जप तप होम इत्यादि करने का फल ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पूर्णतः शास्त्र प्रमाण अनुसार जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने विषय की ओर बंधुओं जो फल एक हजार करोड़ गौदान करने से प्राप्त होता है वही फल सूर्य ग्रहण में केवल स्नान दान इत्यादि सत्कर्मों को करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है व्यास जी कहते हैं इंदोर लक्षणम पुण्यम रवे दस गुणम ततः गंगा तो ये तो संाप्ते इंदो कॉटि रवे दस गवा कॉटि सहस्रस् यभते नर अर्थात चंद्र ग्रहण में स्नान दान जप तप होम इत्यादि करने से लाख गुना और सूर्य ग्रहण में इससे भी दस गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अगर ऐसे में सूर्य ग्रहण में गंगा की प्राप्ति हो जाए तो कई हजारों करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्नान दान जप तप होम इत्यादि ग्रहण काल में जरूर करना चाहिए अवश्य करना चाहिए हमें ग्रहण में किस विधि द्वारा स्नान दान इत्यादि करना चाहिए इस विषय में हेमाद्री में कहा गया है देखिए ग्रस्मयाने भवेत स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते भवेत दानम मुक्ते स्नानम विधीयते अर्थात ग्रहण के आदि में मतलब प्रारंभ में स्नान करें ग्रहण लगने पर स्नान करें ग्रस्त हो जाने के बाद हवन जप इत्यादि सत्कर्म करें और ग्रस्त मुक्त होने के बाद दान करें और ग्रस्त मुक्त हो जाने के बाद पुनः स्नान करें इस प्रकार से क्रमशः हमें सत्कर्म इत्यादि करने चाहिए ग्रहण के समय स्नान इत्यादि के लिए जो महानदियां बताई गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं प्रयागम देविका रेवा शनिहत्या चवारणम सरस्वती चंद्रभागा कौशिका तापिका तथा सिंधुर गंडकि का सरयू कार्तिका दिता अर्थात प्रयाग में गंगा नदी देविका नदी नर्मदा नदी शनि हत्या नदी सरस्वती नदी इत्यादि ये सभी नदियां ग्रहण काल में स्नान के लिए बताई गई हैं। अगर ग्रहण काल में इन नदियों की प्राप्ति ना हो पाए तो कहा गया है वापी कूप तड़ागेश गिरी प्रस्रवणेश नद्यां नदे देव खाते सरसी सूह्रताबुनी उन्णोदेन वास्तव ग्रहणे चंद्र सूर्य अर्थात यदि हमें ग्रहण काल के समय पर गंगा इत्यादि महानदियों की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो उस अवस्था में वापी कुप तड़ाग नदी झरना इत्यादि जलाशयों में जाकर के स्नान करना चाहिए और बीमार व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि वो घर पर ही गर्म जल से स्नान करें इसमें उन्हें कोई भी दोष नहीं है ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय के संबंध में निर्णय सिंधु में कहा गया है सूर्येन्दु ग्रहणे जावत तावत कुरिया कम न सुपेन्द न चुंजीत स्नावा भुंजीत मुक्तो अर्थात ग्रहण काल में शयन भोजन इत्यादि कार्यों को नहीं करना चाहिए बल्कि जब होम इत्यादि करते करते हुए हुए इत्यादि सत्कर्मों को करते हुए, अपना समय व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण काल में जिन जिन कार्यों का निषेध है वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए निद्रायाम जायते रोगो मूत्रे दारिद्रमापनुयात पुरुषे क्रमियोनि मैं थुने ग्राम सुक रहा अभ्यंगे चवेद कुछ भोजने स्याद च च सर्पो वधे व्रजेत अर्थात ग्रहण काल में शयन करने से रोग मलमूत्र इत्यादि का त्याग करने से क्रमशः क्रम और दरिद्रता की प्राप्ति होती है मैथुन करने से ग्राम सूकर उबटल लगाने से कुष्ठ रोग ठगी करने से सर्प योगी की प्राप्ति होती है अतः ग्रहण काल में इन सभी कार्यों को इन सभी कृत्यों को नहीं करना चाहिए केवल हमें जब इत्यादि होम इत्यादि सत्कर्म करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए आज का यह विषय यहीं पर विराम करते हैं आशा करता हूं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर यह जानकारी अच्छी लगी और यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर के इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम